कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अनोखा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सरकार से सवाल किया राहुल ने ट्वीट करते हुए अडानी के नाम के एक एक अक्षर को के पुराने जोड़ा। साथ ही राहुल ने लिखा कि भाजपा सच्चाई छुपा रही है इसलिए रोज भटका रही है आज भी वही सवाल है कि अडानी की कंपनियों में बीस करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेरते आ रहे हैं उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद भी वो किसी ना किसी तरह से सरकार से सवाल पूछ ही रहे हैं अब राहुल ने एक अनोखा ट्वीट करते हुए सवाल किया राहुल ने इस ट्वीट में अडानी के एक एक अक्षर को पुराने कांग्रेसियों से जोड़ा राहुल ने अडानी के ए अक्षर के साथ गुलाम नबी आजाद का नाम जोड़ा डी अक्षर के साथ सिंधिया का ए अक्षर के साथ किरण रेड्डी का एन अक्षर के साथ हेमंत विश्व शर्मा और आई अक्षर के साथ अनिल एंटनी का नाम जोड़ा और साथ ही राहुल ने लिखा कि सच्चाई छिपाती है इसलिए रोज भटकाती है सवाल आज भी वही है अडानी की कंपनियों में बीस हजार करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं राहुल का यह ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है वहीं आपको बता दें जिन पुराने कांग्रेसियों का नाम राहुल ने ट्वीट में जोड़ा है वो सब एक समय पर कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले